एक पापी को कैन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहुत शौक होता है और लास्ट में बताऊंगा कुत्ते कितने वफादार होते हैं लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारी ट्रेनिंग पहले पास करना पड़ेगा पहली बार तो हाइट नहीं हो रहा था लेकिन पापी का हौसला देखे उसे रख लिया जाता है फिर दूसरे टेस्ट में भी पापी फेल हो जाता है तीसरे टेस्ट में पापी खाना तो ले, ले लेता है लेकिन मशीन को बंद नहीं कर पाता एक दिन पापी बहुत डिमोटिवेट हो जाता है लेकिन वॉल में लोग फोटो देख के फिर ऐसी मोटिवेट हो जाता है उसके बाद एक एक करके सब टेस्ट पास कर लेता है लेकिन जब फाइनल डे आता है तब पापी फिर ऐसी गलती कर लेता है जिसकी वजह से उसे यूनिवर्सिटी ऐसी निकाल दिया जाता है जिससे थक हार रोने लगता है लेकिन उसको क्या पता था उसका किस्मत अभी बदलने वाला है वैसे आपके लाइफ में भी अच्छा जॉब या फिर अच्छा कुछ मिलेगा अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब ही तो करना है यार क्या पता है जैसे करने से आपका जिंदगी बदल जाए फिर पापी बाहर रो रहा था तभी देखता है की एक अंधे आंटी के ऊपर ट्रक चढ़ने वाला है इसलिए वो अपनी फुर्ती दिखाते हुए अंधे आंटी को बता लेता है जिसकी वजह ऐसी उसे बेस्ट डोग ऑफ द यार का अवार्ड मिलता है और हाँ भाई दस लोगो ऐसी एक कुत्ते ज्यादा वफादार होता है और आपको डॉग पसंद है या फिर कैट कॉमेंट्स में बताना जिसका आंसर एक दूसरे के साथ मिलता है वो में दोस्ती कर ले